हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैंक लाइफ मोटिवेशन में और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू गेट सक्सेस अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं और बहुत ही जल्द अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये हमारे 21 साइकोलॉजिकल फैक्ट जरूर जानने चाहिए यहाँ पर हम आपको बताएँगे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट जिनको जानकर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन अगर आप अपने लक्ष्य को दूसरों को बता देते हैं तो आपके सफल होने के चांस कम हो जाते हैं एक स्टडी इस बात को कंफर्म करती है क्योंकि इससे आप अपना मोटिवेशन खो देते हैं फैक्ट नंबर टू अगर आप चुप रहते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों को सुनना नहीं चाहता फैक्ट नंबर थ्री सोने से पहले आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वो आपके सुख या दुख का कारण होता है फैक्ट नंबर फोर जिस तरह के गाने आप सुनते हैं वह आपके दुनिया को देखने के नज़रिए को प्रभावित करता है फैक्ट नंबर फाइव पैसे सिर्फ एक हद हाँ तक खुशियां खरीद सकता है स्टडी बताती है कि करीब उनचास लाख प्रतिवर्ष इनकम के बाद भी खुशियों में बहुत ही कम इजाफा होता है फैक्ट नंबर सिक्स पॉजिटिव और हैप्पी लोगों के साथ आप खुश रहते हैं फैक्ट नंबर सेवन जितना ज़्यादा आप दूसरों पर खर्च करेंगे उतने ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे फैक्ट नंबर एट नाइन्टी लोग जो बातें सामने से नहीं कर पाते वो टेक्स्ट के जरिए कह देते हैं फैक्ट नंबर नाइन आपका पसंदीदा गाना आपको पसंदीदा इसलिए लगता है क्योंकि आप उससे किसी इमोशनल पल को जोड़ देते हैं फैक्ट नंबर टेन खुशी के आंसू जब भी निकलते हैं तो पहला ड्रॉप सीधी आंख से गिरता है और दुख के आंसू का पहला ड्रॉप उल्टी आंख से गिरता है। फैक्ट नंबर एलेवन स्मार्ट लोग अपने आप को हमेशा कम समझते हैं जबकि कम समझदार लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं फैक्ट नंबर ट्वेल्व दुनिया में अठारह से तैंतीस साल के बीच की उम्र के लोग सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं और तैंतीस की उम्र के बाद यह स्ट्रेस घटने लगता है फैक्ट नंबर थर्टीन जब आप किसी अनुभव पर पैसे खर्च करते हैं तो उसकी कीमत और उसका महत्व तो बढ़ जाता है फैक्ट नंबर फोर्टीन गाना गाने से डिप्रेशन और घबराहट कम महसूस होती है फैक्ट नंबर फिफ्टीन प्यार में होने का हमारे दिल का कोई संबंध नहीं है या बस हमारे दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन है फैक्ट नंबर सिक्सटीन हम में से ज़्यादातर लोग खुश न होने से डरते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगले ही पल कुछ अनहोनी हो सकती है फैक्ट नंबर सेवनटीन हमारा दिमाग किसी रिजेक्शन को शारीरिक पीड़ा की तरह लेता है फैक्ट नंबर एटीन मनोविज्ञान के मुताबिक प्यार होने के लिए सिर्फ चार मिनट लगते हैं फैक्ट नंबर नाइनटीन कमेडियन और फनी लोग अन्य लोगों से ज़्यादा दुखी होते हैं फैक्ट नंबर 20 जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो और भी ज़्यादा सोने के लिए तरसते हैं फैक्ट नंबर 21 आंखें बंद करने से आपको चीज़ें जल्दी याद आती हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और फैक्ट वीडियो लेकर आता है